ओ नम शिवा शिवजी सदस ओ नम शिवा गुरुजी सहाय। बस इसी में मदा कर ना शिवgetLogger की ताको पल पल शिवरो गिरकर अंदर परपक के ताको आप मेरे साथ नहीं है क्या गुरु जी महाराज ने क्या तो जवाब दिया गुरु जी कहते हैं कि जो दो कदम तुझे नजर आ रहे हैं वो दो कदम मेरे हैं और तुझे मैंने अपनी गोद में ले लिया तुझे अपनी गोद में उठा दिया तुझे हर तकलीफ से बचाया ऐसी लगन लागी है तुम संग गुरु जी मेरी आंख में लो प्रीत की निभा दो गुरु जी हर पंथ साथ गुरु जी मेरे साथ चलो जब ही हम घर से निकले तो गुरु जी के चरणों में झुकाकर निकले नाल नाल को जहाँ जाए साथ रखें अपने साथ कोई विपदा आए कोई संत आ ही नहीं सकता और आएगा गुरु महाराज उन कष्टों से हमें बात देते हैं निकाल देते हैं तभी कहा कि गुरुजी ऐसी लगन लागी है तुम तो सब। ऐसी ना...